जैसे काला रंग ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है हरा रंग पंचायत मुखिया के लिए है नीला रंग पंचायत समिति सदस्य के लिए लाल रंग जिला परिषद सदस्य के लिए और ये कंपार्टमेंट है दो पदों के लिए जो पीला रंग है वो ग्राम कचहरी के पंच के लिए है और कथई रंग ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए है यहाँ पर अपने मत पर मुहर लगाकर आप अपना मत इस मतदान पेटी में डालेंगे यानी बैलेट बॉक्स में और इस तरह आपका वोट